आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा वे कितने महान वैज्ञानिक थे यह बताने की किसी को आवश्यकता नहीं लेकिन शायद आप यह न जानते हों कि उनके महान बनने की न सिर्फ नींब उनकी मां ने रखी थी बल्कि महान बनने की इमारत भी उनकी मां ने ही चुनी थी आज मैं आप लोगों की मुलाकात एडिसन की ऐसी महान माँ ने करवाता हूँ एडिसन नैन्सी की सातवीं संतान थे वे बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे जब सात वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया गया तो उनकी जिज्ञासा उनके आड़े आ गई वे बात बात पर टीचरों से सवाल पूछा करते थे इससे तंग आकर टीचरों ने एडिसन की मां ने को बुलवाकर कहा कि आपका बच्चा काफी डल है और ऊपर से फिज़ूल के सवाल भी बहुत पूछता है सी को अपने बच्चे को डल कहां जाना बिल्कुल रास नहीं आया वे इतना नाराज़ हो गई कि उन्होंने एडिसन को उस स्कूल से ही उठवा लिया फिर अगले दो वर्षों में एडिसन को दो और स्कूलों में भर्ती करवाया गया परंतु ना तो एडिसन की सवाल पूछने की आदत ही बदली और न ही उनके प्रति टीचरों का रवैया ही बदला यानि इस दरम्यान ले देकर सिर्फ़ स्कूलें बदलती रही इससे एडिसन की मां माँ को बड़ा झटका लगा वे अत्यंत दुखी हुई कोई उनके बच्चे को डल समझे या उसका अपमान करे यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था आखिर उन्होंने एडिसन को स्कूल से उठवाते हुए टीचरों से साफ कहा कि डल मेरा लड़का नहीं कमजोर आपकी नजर है जो उसकी प्रतिभा आपको दिखाई नहीं दे रही अब नैन्सी स्वयं एक टीचर रह चुकी थीं वे जानती थीं कि एक बार बच्चों का आत्मविश्वास डगमगा जाए तो फिर उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है सो उन्होंने आगे से अपने बच्चे को किसी स्कूल में न भेजने का निर्णय लिया यही नहीं उन्होंने अपने दुलारे को घर पर स्वयं ही पढ़ाना भी तय किया एडिसन अपनी माँ के इस प्यार और विश्वास से इतना तो खुश हुए कि उन्होंने बड़े होने के बाद उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक बार कहा भी कि मैं माँ के स्कूल न भेजे जाने के निर्णय से अत्यंत भावुक हो उठा था और मैंने उसी रोज तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं माँ के विश्वास को कभी नहीं टूटने दूँगा टीचर ने मुझे डल स्टूडेंट कहा और माँ ने स्कूल से उठवा लिया ऐसी ममतामयी और विदुषी मां से और क्या चाहिए मुझे खैर घर पर नन्हें एडिसन माँ से सभी विषय दिल लगाकर पढ़ने लगे विज्ञान व उसके प्रयोगों में वे विशेष रुचि दिखाने लगे उधर माँ से भी उन्हें हर विषय बाबत आवश्यक उत्साह मिलता ही रहा और आखिर एक दिन माँ की इस प्यार भरी पकड़ाई उंगली के सहारे वे विश्व के सबसे ज्यादा यानी एक हजार तिरानवे पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक बने इनमें उस बल्ब का आविष्कार भी शामिल है जिसने जगत को रोशन कर रखा है सार बस हर माँ को नैन्सी से सीखना है बच्चे को दुनिया में लाती भी माँ है और बच्चा सबसे ज्यादा निकट भी सिर्फ माँ के ही होता है और बच्चा अपने बचपन में चाहता भी माँ का प्रेम और विश्वास ही है परंतु आजकल की अधिकांश माताएं अपने बच्चों को दो तीन वर्ष का होते होते ही नर्सरी में ऐसे डाल देती है मानो उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ फिर वे एडिसन कैसे बनेंगे क्योंकि बच्चे को महान बनने के लिए डिग्री नहीं माँ का प्यार और विश्वास चाहिए होता है एडिसन के पास कौन सी डिग्री थी सो संसार की सारी माए ध्यान रख लें कि माँ के प्यार और विश्वास के सहारे ही एडिसन ने एक से एक चमत्कार किए थे और आपको भी ऐसी ही माँ बनना है